शांति की स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं है मैं अगर इस समस्या के बारे में कुछ कहूं तो अंतरात्मा की संपूर्ण शांति के लिए मन की शांति का होना अति आवश्यक है मनुष्य के जीवन में इतनी घनीभूत समस्याएं हैं पीड़ाएं हैं दुख है उत्तरी पैण दी मन की शांति से पहले अंदर की शांति जरूरी है पतंजलि कच्छा क्रांति अंडरवेयर अंदर की संपूर्ण शांति